सो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सो गाइज आज हम अपना आए हैं गांव का फील्ड तरफ ग्राउंड तरफ आए हैं घूमने के लिए और आप लोग को हम दिखाते हैं अपना गांव का फील्ड सो so, देखिए ये है रास्ता ऐस पे हम लोग चल रहे हैं जा रहे हैं जंगल थोड़ा सा पत्ता लाने के लिए सो so, गाइज जा रहा हूँ जल्दी खेर शाम भी होने वाली है साइड भी होने वाली है और टाइम हो रहा है लगभग आई थिंक साढ़े तीन के आसपास होती होगी टाइमिंग और हम जा रहे जंगल अकेला है पत्ता लाने के लिए सो so गई अभी पता क्या हुआ अभी एक झाड़ी के पीछे मतलब कोई पत्ता तोड़ रहा था तो हम देखे हम डर गए अचानक देख के इस जानवरों को तक नहीं है तो फिर एक बार फिर से दो आगे थोड़ा सा जाके देखें तो दिखा एक लेडीज थी तो जाके शांत हुए हम डर तो गए थे हमको जानवर वगैरह हो गया शिकाई देखिए पूरा जंगल ही साला जंगल में आ गया चारों चार जंगल और बीच में खेत आगे और इससे अच्छा अच्छा व्यू नजर आएगा आप लोग को दिखाते हैं बड़ा मजा आयेगा सबको आगे और भी बड़ा खतरनाक दिख रहा यहां तो यहां है यहाँ से देखिए। तो देखिये देखिए तालाब आ गए हम लोग अब पे तालाब भी मिल गया यहाँ पे वो और आगे चलते हैं देखते हैं आगे और क्या क्या मिलेगा सो जी बोला जाता है यहाँ पे कि मछली वगैरह पाला जाता है और फिर अक्सर यहाँ पे कोई नहाता वगैरह नहीं है ये तो तालाब बहुत गड्ढा है कोई नहाने के लिए नहीं आता यहाँ पर नहाता है बट साइड में नहाता नहा दे यहाँ पे जो पत्थर वगैरह रखा गया है यहाँ यही पर यहाँ पे आई थिंक आता होगा कपड़ा वगैरह धोता होगा सो गाइज देखिये कितना मतलब क्या बोले इन लोगो को कचौड़ा फैला रखा है गाई जंगल को भी ने साफ सुथरा छोड़ा है शहर तो एकदम कचड़ा है ये है मतलब हर जगह कचड़ा कचड़ा है। कपड़ा वगैरह फिंचने आता फटाफटा निकला फेंक दिया यहीं पर फिर सर्फ वगैरह का कर पैकेट वगैरह भी फेंक देता है यहीं पर लोग so guys, देखते हो पानी में कितना ठंडी है सो अभी तो खैर बहुत ठंडी चल रही है में हमारे चली बहुत ज़्यादा ठंड है पानी पानी है पानी खैर साफ साफ सुथरा है है क्लीन वाटर बट लोगों ने गंदगी फैला रखी है यहाँ पे कचरा वगैरह फैला कर रखा है जहां जहां नहाने का स्थल होगा वहां वहां हर जगह साला सारा कचरा फैला कर रखा है सो गई देखिए सनसाइट कितना अच्छा लग रहा है ऊपर थोड़ा चढ़ते हैं मजा आएगा ऊपर से आप लोग को दिखाएंगे ऊपर चढ़ के कैसा व्यू आता है ना तालाब का कैसा व्यू आता है वो आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा हैं चढ़ते है सुख यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है मजा आ रहा है यहाँ पे आप लोग को एक चीज और दिखाते देखिए दिखा से तालाब का व्यू सो so एक दो शॉर्ट ले चुके हैं और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से और हम हमेशा यहीं आके एक दो वीडियो जरूर बना के आप के पास ताक आप पास देंगे ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए और एंटरटेनमेंट उठा पाए हमारे झारखंड के लेकिन बट बहुत खूबसूरत जगह जी हम आज महसूस किए इस जगह को अच्छा जगह पे सुगाज so आज यही तक रहने देते हैं ये वीडियो कैसी लगी होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए बाब बाय एंड टेक केयर